सवाल नंबर एक हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन की मात्रा बी नाइट्रोजन की मात्रा सी हीलियम की मात्रा डी कार्बन की मात्रा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नाइट्रोजन की मात्रा सवाल नंबर दो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका ऑप्शन है हे सिंधु नदी बी सतलुज नदी सी गोदावरी नदी डी रावी नदी आपका सही ऑप्शन हो जाए गा हे सिंधु नदी सवाल नंबर तीन किस जानवर का दूध पीने से निशा होता है आपका ऑप्शन है गाय का दूध बी बकरी का दूध सी मादा घोड़ा का दूध डीप मादा हाथी का दूध आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीप मादा हाथी का दूध सवाल नंबर चार सबसे पहले बल्ब किस देश में बनाया गया था आपका ऑप्शन है A, चीन देश में बी जापान देश में सी अमेरिका देश में डीप भारत देश में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीप अमेरिका देश में सवाल नंबर पांच पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है उसका नाम क्या है आपका ऑप्शन है नाइक्रोम बी ग्रेफाइट। सी, जस्ता, डीप इनमें से कोई नहीं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ग्रेफाइट। सवाल नंबर छह माचिस का आविष्कार किसने किया था आपका ऑप्शन है ए, न्यूटन ने बी मार्कोपोलो ने सी जॉन वॉकर ने डीप रदरफोर्ड ने आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जॉन वॉकर ने सवाल नंबर सात अमेरिका में कितने प्रतिशत भारतीय डॉक्टर रहते हैं आपका ऑप्शन है ए अट्ठाइस प्रतिशत बीतीस प्रतिशत सी पैंतीस प्रतिशत डी अड़तीस प्रतिशत आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अड़तीस प्रतिशत सवाल नंबर आठ कोरोना का पहला टीका ट्रस्ट को लगा आपका ऑप्शन है ए सागर मल्होत्रा को बी अजय सिंह को सी मनीष कुमार को डी राहुल गांधी को आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मनीष कुमार को सवाल नंबर नौ ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं आपका ऑप्शन है एक सौ पांच कमरे बी एक सौ बीस कमरे सी एक सौ तीस कमरे सौ पैतालीस कमरे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी एक सौ बीस कमरे सवाल नंबर दस हमारे शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है आपका ऑप्शन है ए, दिमाग बी हाथ सी पैर डॉट डी दिल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दिमाग सवाल नंबर 11 पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? आपका ऑप्शन है ए 170 देश बी 150 देश सी एक देश डी 204 देश आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी एक देश सवाल नंबर बारह फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है आपका ऑप्शन है A, भारत देश की बी चीन देश की सी जापान देश की डी नेपाल देश की आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे भारत देश की सवाल नंबर तेरह मसालों की रानी किसे कहा जाता है आपका ऑप्शन है इलायची को बी किसमिस को सी बादाम को डी काजू को आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे इलायची को सवाल नंबर चौदह सबसे सस्ती बिजली किस देश में है आपका ऑप्शन है A. चीन देश में बी भारत देश में सी कतर देश में डी श्रीलंका देश में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कतर देश में सवाल नंबर 15 भारत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला बादशाह कौन था आपका ऑप्शन है औरंगजेब बी बाबर सी बहलोल लोदी डी जहांगीर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए औरंगजेब सवाल नंबर 16 किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है आपका ऑप्शन है A. आम की लकड़ी की की की लकड़ी C. पीपल की लकड़ी D. की लकड़ी पीपल नीम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लाल चंदन की लकड़ी सवाल नंबर सत्रह भगत सिंह जी ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था आपका ऑप्शन है ए उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी में बी उन्नीस सौ उन्तीस में डी उन्नीस सौ चालीस ईस्वी में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1929 सौ ईस्वी में सवाल नंबर 18। भारत के किस राज्य में केवल दो जिले हैं आपका ऑप्शन है असम राज्य में बी उत्तराखंड राज्य में सी बिहार राज्य में डीप गोवा राज्य में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीप गोवा राज्य में सवाल नंबर उन्नीस सैमसंग मोबाइल किस देश की कंपनी है आपका ऑप्शन है ये भारत देश की बी जापान देश की सी साउथ कोरिया देश की डिप अमेरिका देश की आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी साउथ कोरिया देश की सवाल नंबर 20 हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठे देखा था आपका ऑप्शन है पीपल नीम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी शेषपा वाल नंबर एक पूरे विश्व में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी का पानी बी नील नदी का पानी सी सतलुज नदी का पानी गोदावरी नदी का पानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नील नदी का पानी सवाल नंबर दो शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था आपका ऑप्शन है A. भारत देश में बी अमेरिका देश में सी चीन देश में डी जापान देश में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे भारत देश में सवाल नंबर तीन कौन सा जानवर अपने जीभ से अपना कान साफ करता है आपका ऑप्शन है ऊंट, बी हाथी सी कंगारू डी जिराफ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीप जिराफ सवाल नंबर चार भारत के किस राज्य में सबसे पहले सोने निकलता है आपका ऑप्शन है ए, सिक्किम राज्य में बी मेघालय राज्य में सी अरुणाचल प्रदेश में डीप बिहार राज्य में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश में सवाल नंबर पांच पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है उसका नाम क्या है आपका ऑप्शन है ए नाइक्रोम बी ग्रेफाइट सी जस्ता डी इनमें से कोई नहीं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्राइफाइट सवाल नंबर छह भारत के प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी आपका ऑप्शन है ए चौबीस किलोमीटर बी बीतीस किलोमीटर सी चौंतीस किलोमीटर डी पैतालीस किलोमीटर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चौंतीस किलोमीटर सवाल नंबर सात विश्व में किस देश के लोग सांप खाते हैं आपका ऑप्शन है ए भारत देश के लोग बी पाकिस्तान देश के लोग सी वियतनाम देश के लोग डी नेपाल देश के लोग आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वियतनाम देश के लोग सवाल नंबर आठ पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोग बाएं हाथ से लिखते हैं आपका ऑप्शन है A. लगभग पांच प्रतिशत लोग बी लगभग सात प्रतिशत लोग सी लगभग दस प्रतिशत लोग डी लगभग चौदह प्रतिशत लोग आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लगभग दस प्रतिशत लोग सवाल नंबर नौ भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका ऑप्शन है A. कोलकाता बी दिल्ली सी मद्रास मुंबई आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीप मुंबई सवाल नंबर 10। एक मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं आपका ऑप्शन है ए बाइस दांत बी सैतालीस दांत सी बयासी दांत डी छियासी दांत साथियों आप लोग इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में बताइए सवाल नंबर ग्यारह कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है आपका ऑप्शन है कैनो क्रिस्टल्स नदी बी नील नदी सी कृष्णा नदी डी गंगोत्री नदी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नदी सवाल नंबर बारह किस पेड़ का पत्ता हीरे से भी ज्यादा महंगा है आपका ऑप्शन है अमरुद का पत्ता बी कोन का पत्ता सी आम का पत्ता डी नीम का पत्ता आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कौन का पत्ता सवाल नंबर तेरह भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहा होता है आपका ऑप्शन है झारखंड में बी उड़ीसा में सी कन्याकुमारी में डी बिहार में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कन्याकुमारी में सवाल नंबर चौदह विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है आपका ऑप्शन है बांस का पौधा बी पपीते का पौधा सी पीपल का पौधा डी आम का पौधा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे बांस का पौधा सवाल नंबर पंद्रह भारत में सोने की खान कहा है आपका ऑप्शन है बिहार में बी सिक्किम में सी कर्नाटक में डी पंजाब में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कर्नाटक में सवाल नंबर 16 दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाया था आपका ऑप्शन है A. जहांगीर ने बी अकबर ने सी बाबर ने डी शाहजहाँ ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी शाहजहाँ ने। सवाल नंबर सत्रह भारत में खाद्य की सर्वाधिक खलपत किस राज्य में होती है आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड राज्य में बी पंजाब राज्य में सी तमिलनाडु राज्य में डीप गोवा राज्य में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पंजाब राज्य में सवाल नंबर अठारह मुगल वंश का संस्थापक कौन था आपका ऑप्शन है ए बाबर बी शाहजहां सी जहांगीर डीप अकबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बाबर सवाल नंबर 19। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है आपका ऑप्शन है ए कृष्णा नदी बी गोदावरी नदी सी महानदी डीप माही नदी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीप माही नदी सवाल नंबर बीस भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं आपका ऑप्शन है एफ छ पांच सौ बी सात हजार पांच सौ सी आठ हजार तीन सौ अड़तीस डी नौ हजार दो सौ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी आठ हजार तीन सौ अड़तीस सवाल नंबर एक भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है आपका ऑप्शन है A. आलू बी गोभी सी पालक डी टमाटर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे आलू सवाल नंबर दो चांद तक पहुंचने में कितने दिन का समय लगता है आपका ऑप्शन है A. एक दिन का, B. तीन दिन का सी छे दिन का दिन दिन का का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी तीन दिन का। सवाल नंबर तीन मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका ऑप्शन है ए नौ दिसंबर को बी बीस जनवरी को सी पंद्रह मार्च को डी दस दिसंबर को आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 10 दिसंबर को सवाल नंबर चार लंदन किस नदी के किनारे स्थित है आपका ऑप्शन है थिम्स नदी के किनारे बी गोमती नदी के किनारे सी रावी नदी के किनारे डी हुगली नदी के किनारे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A. नदी के किनारे सवाल नंबर पांच भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है आपका ऑप्शन है ए कृष्णा नदी बी गोदावरी नदी सी यमुना नदी डी कावेरी नदी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यमुना नदी सवाल नंबर छह भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आपका ऑप्शन है A. पंजाब राज्य में बी उत्तर प्रदेश राज्य में सी हरियाणा राज्य में डीप केरल राज्य में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीप केरल राज्य में सवाल नंबर सात भारत के किस राज्य में आजादी के बाद एक भी हत्या नहीं हुई है आपका ऑप्शन है A. सिक्किम राज्य में बी बिहार राज्य में सी मध्य प्रदेश राज्य में डी उड़ीसा राज्य में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे सिक्किम राज्य में सवाल नंबर आठ भारत के किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या सबसे अधिक है आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में बी बिहार राज्य में सी मेघालय राज्य में डीप कर्नाटक राज्य में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कर्नाटक राज्य में सवाल नंबर नौ जमे कौन सी गैस होती है आपका ऑप्शन है अमोनिया बी नाइट्रोजन सी आर्गन डी हीलियम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे अमोनिया सवाल नंबर 10। कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है आपका ऑप्शन है A. का फूल बी नीलकुरिंजी का फूल सी डहिया का फूल डी मोगरा का फूल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नीलकुरिंजी का फूल सवाल नंबर ग्यारह किस फल को अमृत फल कहा जाता है आपका ऑप्शन है अमृत के फल को बी अनार के फल को सी पपीते के फल को डी नारियल के फल को आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे अमरुद के फल को। सवाल नंबर 12। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पैदा होता है आपका ऑप्शन है A. भारत में बी लंदन में सी चीन में डीप अमेरिका में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन में। सवाल नंबर बरगद किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका ऑप्शन है A, जापान देश का बी भारत देश का सी रूस देश का डीप नेपाल देश का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भारत देश का सवाल नंबर चौदह आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई आपका ऑप्शन है ए अठारह ईस्वी में बी 1910 ईस्वी में सी 1920 ईस्वी में डी 1925 ईस्वी में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अठारह सौ में सवाल नंबर 15 राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपका ऑप्शन है ए दो वर्ष का बी चार वर्ष का सी पांच वर्ष का डी छह वर्ष का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी छह वर्ष का सवाल नंबर 16 किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है आपका ऑप्शन है A. आम की लकड़ी B. लाल चंदन की की की लकड़ी की लकड़ी लकड़ी पीपल नीम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लाल चंदन की लकड़ी सवाल नंबर सत्रह सबसे ज्यादा प्रोटीन भैंस के दूध में पाया जाता है आपका ऑप्शन है A. बकरी के दूध में बी गाय के दूध में सी भेड़ी के दूध में डी भैंस के दूध में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भेड़ी के दूध में सवाल नंबर 18 कोई उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितने नंबर पर आता है आपका ऑप्शन है A. पहले नंबर पर बी दूसरे नंबर पर सी तीसरे नंबर पर डी चौथे नंबर पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी दूसरे नंबर पर सवाल नंबर उन्नीस लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है आपका ऑप्शन है ए सरू नदी के किनारे बी गोमती नदी के किनारे सी यमुना नदी के किनारे डी गंगा नदी के किनारे साथियों आप लोग इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में बताइए सवाल नंबर बीस महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था आपका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर उन्नीस सौ ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था